मैडम जुबैदा ने ध्रुव को आखिरी और सबसे काबल स्टूडेंट के बारे में बताया था जो उनकी नजर में खुद इरा थी जाहिर सी बात है कि इरा ताकतवर तो थी ही लेकिन वो जिस परिवार से आती थी वो भी काफी ज्यादा ताकतवर था और जिस दौरान ध्रुव और बाकी लोग बात कर रहे थे उतने में वक्त हो गया था फाइनल एग्जाम के दूसरे दिन की शुरुआत का फिर मैदान के किनारे पर बने बड़े से मंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी चलकर आया उसने वहां पर आते ये महसूस किया कि कैसे हर तरफ इतना शोर सुनाई दे रहा था और किसी को उसकी बात समझ में नहीं आने वाली थी देखकर उस आदमी ने धीरे से अपना धीरे धीरे मैदान में कहा सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि कल के मुकाबलों के बाद फिलहाल इस एग्जाम में एक सौ चौहत्तर स्टूडेंट्स बाकी रह गए हैं और आज के मुकाबलों के बाद इन सभी स्टूडेंट्स में से 50 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे जो अंदरूनी हिस्से के लिए काबिल माने जाएंगे चलिए तो फिर इंतजार किस बात का है शुरू करते हैं हम फाइनल एग्जाम का दूसरा दिन मैं एक बार फिर आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट का नाम पुकारा जाए वो जल्द से जल्द मैदान में आ जाए क्यूँकी अगर कोई वक्त रहते रहते मैदान में नहीं पहुंचा तो उसे एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा इतना कहकर वो आदमी पलटते हुए सीधे जजिस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया तभी दो स्टूडेंट्स का नाम लिया गया और वो दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर सीधे मैदान में उतर आए वो दोनों स्टूडेंट्स क्लास टू के स्टूडेंट्स थे और मैदान में आते ही उन्होंने अपने शरीर पर शक्ति कवच चढ़ाना शुरू कर दिया वैसे तो ये दोनों स्टूडेंट्स ईशान और बाकी ताकतवर स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़े कमजोर थे लेकिन फिर भी ये लोग काफी जाने माने थे यही वजह थी कि मैदान में दोनों के लिए काफी शोर होने लगा फिर जैसे ही दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकाली तो समझ में आया कि एक वायु मूल शक्ति का था जिस वजह से उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी दूसरी ओर जो उसके सामने खड़ा था वो धरा मूल शक्ति का स्टूडेंट था जिस वजह से उसका बचाव काफी ज्यादा ताकतवर था उसके बाद दोनों के मुकाबलों की शुरुआत हुई और जैसा कि सभी ने सोचा था यह मुकाबला काफी लंबा चला इस दौरान दोनों ताकतवर स्टूडेंट्स एक दूसरे के हमलों का बखूबी जवाब देते रहे जिसे देख ध्रुव ने अपनी कुर्सी पर टिकते हुए कहा मुझे लगता है कि तो हमले किए जा रहा है फिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो वही सानवी की बात सुनते ही ध्रुव उसका जवाब देने के लिए तैयार हुआ लेकिन उसके पहले ईरानी सानवी को जवाब देते हुए कहा तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छिपा है सानवी वायु मूल शक्ति वाले के हमले देखने में ज्यादा ताकतवर जरूर लग रहे हैं लेकिन ऐसा करने में उसे ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इसकी शक्तियों के रंग को देखकर तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई खास रोशनी भी नहीं है दूसरी तरफ धरा मूल शक्ति वाले का बचाव भले ही ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है लेकिन मुकाबले की शुरुआत से ही वो अभी तक खिला भी नहीं है इसकी वजह यह है की जब भी उस पर हमला होता है तो वो अपने शरीर के इस्तेमाल ऐसी सामने वाले की शक्तियों को सीधे जमीन में भेज देता है ऐसा करने पर वो बहुत सी शक्तियों के हमले से बच जाता है इसलिए अगर सामने वाले ने जल्दी खतरनाक हमला नहीं किया तो शायद कुछ ही पलों में उसकी शक्तियां बहुत कम हो जाए और अगर ऐसा हुआ फिर तो वो जरूर यह मुकाबला हार जाएगा इरा की बात को समझते हुए सानवी ने अपना सिर हिलाया लेकिन इरा की बात सुनकर ध्रुव भी काफी हैरान दिख रहा था ऐसा इसलिए क्यूँकी जितनी बारीकी से इरा इस मुकाबले को देख रही थी उतना तो खुद ध्रुव भी नहीं देख रहा था इसी ख्याल के साथ ध्रुव ने मनी मन सोचा ना जाने ये लड़की पिछले दो सालों में ट्रेनिंग करके कितनी ताकतवर हो गई है लेकिन मैं ये सोचने की गलती तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि की मुझसे कम ताकतवर होगी ध्रुव ये सोचते वक्त थोड़ा मजबूर महसूस कर रहा था वैसे तो शुरुआत में उसने सोचा था कि पिछले दो सालों की उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार काफी ज्यादा थी लेकिन वो फिलहाल ये जानकर हैरान था कि शायद इरा की शक्तियाँ बढ़ाने की रफ्तार उससे भी बेहतर थी मगर फिर ध्रुव के जहन में वो ताकतवर परिवार आया जहाँ से इराह आती थी और जिसके बारे में सोचकर आचार्य विदुर भी थोड़ा परेशान हो जाते थे ध्रुव को अच्छी तरह याद था कुछ साल पहले ही रा, हाथों हाथ क्लास टू की ले ध्रुव को तो खुद ही जड़ी बूटी ढूंढने इस्तेमाल कर दवा भी बनानी पड़ती थी ये सब करने में ध्रुव की मेहनत तो लगती ही थी लेकिन ऐसा करना काफी मुश्किल भी होता था जिस दौरान ध्रुव इस बारे में सोच रहा था उस दौरान मैदान में होते मुकाबलों में बदलाव नजर आने लगा वायु मूल शक्ति वाला स्टूडेंट परेशानी में दिखने लगा और धीरे धीरे उसे अपनी रफ्तार में गिरावट महसूस होने लगी लेकिन जैसी उसकी रफ्तार में गिरावट आई तो कछवे जैसी एक जगह पर खड़ा धरा मूल शक्ति वाला स्टूडेंट अचानक से अपनी ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा करने लगा इसके बाद उस लड़के ने सामने वाले पर एक ऐसा जोरदार हमला किया जिससे सामने वाला तकरीबन दस कदम दूर जा गिरा इसके साथ ही उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा और वो एक ही झटके में काफी ज्यादा जख्मी हो गया यह देखकर ध्रुव आ भरते हुए कहा पहाड़ की तरह एक जगह पर खड़ा फिर बिजली जैसे सीने पर आकर गड़ा यह मुकाबला यही खत्म हुआ सच में रक्षा के स्टूडेंट्स काफी खास हैं। शायद इसलिए मैडम मुझसे बहुत नाराज थीं जब मैंने एकेडमी से साल भर की छुट्टी मांगी थी क्योंकि अगर मेरे पास आचार्य की मदद नहीं होती तो शायद मैं खुद को इतनी अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पाता कि की अकेडमी के स्टूडेंट्स की बराबरी कर सकू इसके बाद मंच पर बैठे जजेस ने विनर का नाम पुकारा और फिर सभी की नजरों के सामने मैदान में मौजूद दोनों स्टूडेंट्स मैदान से बाहर जाने लगे उसके बाद लोग अगले रोमांचक मुकाबले का इंतजार करने लगे। फिर ध्रुव के आंखों सामने बहुत से मुकाबले आते जाते गए जिसके साथ ही ध्रुव के दिल में रक्षा एकेडमी की इज्जत और ज्यादा बढ़ती गई इतने में अचानक ध्रुव के बगल से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी रक्षा एकेडमी हर साल कुछ किने चुने लोगों को ब्लैक कॉर्नर में भेजती है ताकि वो वहाँ के खतरनाक माहौल में खुद को ट्रेन कर सके वैसे तो ये कदम काफी खतरनाक है क्यूँकी अकेडमी के बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स वहाँ जाकर कभी वापस नहीं लौटे लेकिन जो भी स्टूडेंट्स वहां से लौटकर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकत पर हो जाते हैं और ये ताकत सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत नहीं होती बल्कि मानसिक तौर पर भी वो काफी मजबूत हो जाते हैं ये आवाज सुनकर ध्रुव ने जब अपनी नजरें घुमाई तो उसे देखा कि आवाज मैडम सुबैदा की थी और अकेडमी के इस बेरहम कदम के बारे में सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए कहा यह कदम जितना बेरहम है उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी है क्यूँकी ब्लैक कॉर्नर से ज्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड और कोई हो भी नहीं सकता लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एकेडमी के बुजुर्ग अपने अच्छे स्टूडेंट्स को खोने में जरा भी झिझक नहीं दिखाएंगे वो तो ऐसी जगह है जहां पर शायद किसी इंसान की हड्डी तक न छोड़ी जाए इतने में मैडम जुबैदा ने के चेहरे की हैरानी को देखकर उसे समझाते हुए कहा ब्लैक कॉर्नर में जाने वाले स्टूडेंट्स या तो अकेले जा सकते हैं या फिर वो अपने साथ कुछ साथ ले जा सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले उस जगह पर जाने की हिम्मत करते हैं ये लोग सिर्फ वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत और ताकत पर पूरा यकीन होता है दूसरी ओर अगर कोई साथियों के साथ वहां जाना चाहता है तो अकेडमी उसके साथ अंदरूनी हिस्से का एक स्टूडेंट भेजती है जो उनके दल का लीडर कहलाता है स्टूडेंट सिर्फ इसलिए भेजा जाता है, ताकि वह स्टूडेंट्स और उनके साथियों को सही सलामत वापस ला सके और मैं तुम्हें बता दूं की ईशान रेगान और कुछ और स्टूडेंट्स ब्लैक कॉर्नर अकेले जाकर वापस लौटे हैं इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि उन्हें कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना ये सुनते ही ध्रुव ने हल्की परेशानी के साथ दूर बैठे ईशान की तरफ देखा दरअसल ध्रुव ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि शान भी अकेले ब्लैक कॉर्नर जैसी जगह पर गया होगा वहीं धीरे धीरे दूसरे दिन के मुकाबले खत्म होने को आए और फिर मंच पर खड़े एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा अगला मुकाबला है हकीम से रिगांक और क्लास एक के स्टूडेंट ध्रुव शौर्य के बीच और जैसे उस आदमी की आवाज मैदान में गूंजने लगी तो वहाँ होता शोर अचानक से एक सन्नाटे में बदल गया इसके साथ ही अनगिनत नजरे ध्रुव की तरफ होने लगी जिसमे से ज्यादातर नजरे ध्रव के दुश्मनों की थी देखकर मैडम जुबैदा ने ध्रुव को समझाते हुए कहा ऐसा लगता है कि बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम ये मुकाबला हार जाओ और खुद को बेजत करो देखो ध्रुव रेगान की ताकत दिबान के मुकाबले काफी ज्यादा है यहाँ तक कि वो शायद बाहरी हिस्से के टॉप टेन ताकतवर स्टूडेंट्स में गिना जा सकता है और तो और मैंने सुना है की हकीम होने की वजह से उसके पास एक रोशनी भी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए तुम्हे संभल कर रहना होगा ध्रुव और तो अगर तुम्हें लोगों का मुंह बंद करना है तो तुम्हें ध्रुव तुम अगर तुम इस लड़के से हार गए ना फिर तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत भी दाव पर लगी हुई है और बढ़ती उम्मीदों को सुनकर ध्रुव ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा मुकाबला जीतने की इतना कहकर ध्रुव सभी की नजरों के सामने खड़े होकर सीधे मैदान की तरफ जाने लगा इस वक्त उसकी पीठ पर उसकी काले रंग की तलवार लटकी हुई थी जो दिखने में काफी खतरनाक लग रही थी फिर जैसे ही ध्रुव मैदान में आया तो किसी ने भी उसे चेयर करने के लिए आवाज नहीं निकाली इससे साफ समझ आ रहा था की कि कितने सारे लोग ध्रुव के खिलाफ थे तभी अचानक एक सीटी सुनाई पड़ी और एक नीले रंग की परछाई तेजी से घूमते हुए मैदान पर आ गयी वही उस परछाई के मैदान पर आते ही लोग इतनी जोर से चिल्लाने लगे की उसे सुनकर ध्रव भी मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा यह नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रक्ष अकेडमी के ज्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रेगांग न सिर्फ ध्रुव को मुकाबले में हराए, बल्कि उसे ऐसा मजा चखाए कि वो ची भर याद रखे ध्रुव को पता चल जाएगा की वो अकेडमी के स्टूडेंट से कितना कमजोर है दिबांग को हरा ये सोचने लगा की अकेडमी में ताकतवर स्टूडेंट्स है ही नहीं आज के मुकाबले में मजा आने वाला है जब रेगाक ध्रुव को उसकी नानी याद दिला देगा मैं अभी तो देखू अपाहेज हो, हो जाएगा तो इरा जरूर इसे छोड़कर चली जाएगी और अगर आज के मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी की मेरे साथ इसके मुकाबले में ऐसा जरूर हो <laughs> काफी मजा आने वाला है इस वक्त मैदान में मौजूद बहुत से लोगों के दिल में ध्रुव के लिए जहर भरा हुआ था इसके साथ ही उस मुकाबले की शुरुआत होने वाली थी जिसका सभी को इंतजार था वहीं इस वक्त मैदान में जो नीले कपड़े वाला लड़का ध्रुव के ठीक सामने खड़ा हुआ था उसके चेहरे पर हल्का आलस दिखाई दे रहा था वैसे तो दिखने में रिगांग ईशान की तरह हैंसम नहीं था लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं दिखता था इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक ऐसी नादानी थी जैसे वो किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था उसे देखकर ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सीधा दिखने वाला लड़का पहली मुलाकात में सानवी के पीछे कैसे पड़ सकता था तभी रेगा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखा और फिर उसने भूली आवाज में सवाल किया तुम्हारा नाम ध्रुव है ना ध्रुव शौरे मैंने सुना है कि तुम रिश्ते में सान्वी के भाई लगते हो इस पर ध्रुव ने अपना से हिलाते हुए रेगा को जवाब दिया हाँ वो मेरी कजन है ये कहते हुए ध्रुव ने देखा की रेगा के चेहरे आरोप ईशान जैसा गुरूर नहीं था दूसरी और ध्रुव की बात सुनकर रेगा ने हंसते हुए ध्रुव ऐसी कहा क्या बात है अगर ऐसी बात है तो हम रिश्तेदार हुए ध्रुव फिक्र मत करो मैं आज के मुकाबले में अपनी ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल नहीं करूंगा दरअसल तो मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा हो जाओ और इस वजह से मुझसे नाराज हो जाए <laughs> वही रेगा एक पल के लिए तो दंग रह गया वो देख रहा था की कैसे रेगा से वो पहली बार मिल रहा था लेकिन इसके बावजूद रेगा ने उसे अपना रिश्तेदार बना लिया था इस बात के बारे में सोचकर ध्रुव ने मुस्कुरा उसे जवाब दिया तुम्हारे इस ख्याल के लिए बहुत शुक्रिया रेगाक लेकिन सच कहूँ तो मैं कैसे भी करके टॉप फाइव में आना चाहता हूँ अगर तुम सच में रिश्तेदारी निभाना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला चलते ही हार जाओ आकर रिश्तेदार के मुकाबला जीतने से तुम्हें क्या तकलीफ होगी है ना? इस पर अचानक से रेगा के चेहरे की मुस्कुराहट खासी में बदल गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा चाहे दिल में आसमान में उड़ने की ख्वाहिशे क्यूँ ना रखते हो हमारे कदम जमीन पर ही होने चाहिए सच कहूँ तो मुझे भी इतना यकीन नहीं है कि मैं टॉप फाइव में आ पाऊंगा या नहीं रही बात तुम्हारी तो तुमने अब तक सिर्फ दिबांग को हराया जिसकी गिनती में नहीं होती है वही रेगा की बात सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उसने मनी मन इस बात का शुक्र मनाया कि कम से कम वो लड़का ईशान की तरह बुरा और मतलबी तो नहीं था तो क्या पार कर पायेगा ध्रुव रेगा मुकाबले की चुनौती को जानने के लिए सुनते रहिए दिवन रिवाश के साथ सुपर था ध्रुव और रेगांक मुकाबले के लिए तैयार होकर मैदान में खड़े थे इतने में पास ही बने बेंच पर से एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी मुकाबला शुरू किया जाए और उस आदमी के इतना कहते ही मैदान में काफी शोर मचने लगा और बहुत से लोग ध्रुव के खिलाफ आवाज भरने लगे रेगा भाई ध्रुव को धूल चटा दो उसे भी पता लगने दो की हमारी रक्षा अकेडमी कितनी ताकतवर है ये आवाज ज्यादातर लड़कों की थी जिसे सुनकर मैदान में मौजूद बहुत सी लड़कियाँ मायूस दिखने लगी जाहिर सी बात है कि कल ध्रुव ने जो ताकत दिखाई थी उसे देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए थे और तो और ध्रुव दिखने में काफी हैंसम था जिस वजह से बहुत सी लड़कियों का दिल उस पर आ गया था इसलिए जैसी लड़कों की आवाज मैदान में गूंजी तो ध्रुव का साथ देने के लिए लड़कियों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया गो ध्रुव गो गो ध्रुव गो वही लड़कियों को इस तरह ध्रुव का साथ देते देख दे, दे, मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा ऐसा लगता है की इस लड़के ध्रुव ने बहुत सी लड़कियों का दिल जीत लिया है बताओ तो इसे यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है इसके बावजूद लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए ये सुनकर इरा भी मुस्कुराने लगी वहीं उसके बगल में बैठी सानवी ने भी चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा ध्रुव उस इंसानी कड़ाई को बता दो कि शौर्य दल वाले कमजोर नहीं हैं। वहीं मैदान में सुनाई पड़ते दो तरह के शोर को सुनकर ध्रुव चुपचाप मुस्कुराने लगा उसके बाद उसने नजरे उठाते हुए सामने खड़े रेगा की तरफ देखा और फिर ध्रुव ने अपनी तलवार को तुरंत बाहर निकाला जैसे ही ध्रुव की पीठ आरोप टंगी तलवार बाहर निकली तो हवा के कटने की एक तेज आवाज सुनाई पड़ी उसके बाद ध्रुव ने अपने शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकालते हुए अपने शरीर को ढक लिया दूसरी ओर ध्रुव की बढ़ती शक्तियों को देखकर एक पल के लिए रेगांग थोड़ा हैरान हो गया। लेकिन फिर उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से अपनी तलवार बाहर निकाली इस वक्त उसके चेहरे का आलस जो कुछ देर पहले दिखाई पड़ रहा था अब पूरी तरह से गायब हो गया था फिर रेगांक ने अपनी तलवार से ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा खम्भाल है ध्रुव तुम्हारी शक्तियां देखकर तो मुझे लग रहा है की तुम शायद एक महादक्ष बन चुके हो है न सोचू कि कल तुमने दिबांग को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया सच कहूं तो तुम्हारी काबिलियत वाकई लाजवाब है ध्रुव लेकिन टॉप फाइव के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है इसलिए मैं तुम्हें तो रेगाक ने इतना कहा ही था कि उसके शरीर से भी ढेर सारी लाल रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी जो किसी मायने में ध्रुव की शक्तियों से कम भी नहीं लग रही थी फिर उस लाल रंग की शक्ति ने रेगाक को पूरी तरह से ढक लिया और दूर से देखने पर फिलहाल वो सुलगती आग की लपटों की तरह दिख रहा था इसके साथ ही मैदान में खड़े ध्रुव और रेगांक ने खुद को मैदान के शोर से अलग कर दिया दोनों फिलहाल एक दूसरे को गौर से देख रहे थे और कुछ पलों की शांति के बाद दोनों की तलवारों में मुकाबला शुरू करने की बेताबी नजर आने लगी वहीं मैदान में बैठे लोगों ने जैसे ही महसूस किया कि मुकाबला किसी भी वक्त शुरू हो सकता था तो सभी धीरे धीरे चुप होने लगे और मैदान में एक सन्नाटा गूंजने लगा फिर पलक झपकते ही सभी की नजरों के सामने दो धुंधली पर तेज रफ्तार में एक दूसरे की तरफ पड़ी और मैदान के सन्नाटे को चीरते हुए तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी इस दौरान मैदान में बैठे लोगों को अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो था दो परछाइयों का मुकाबला जिसमें से निकलती चिंगारियां हर तरफ फैल रही थी इसके अलावा मैदान में रखे पत्थरों पर भी दरारें पड़ती नजर आने लगी जो और रेगा की शक्तियों की वजह से हो रहा था देखा जाए तो फिलहाल दोनों में से कोई भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था लेकिन इसके बावजूद दोनों के ताकतवर हमले सभी को महसूस हो रहे थे वहीं मैदान में ध्रुव तेजी से अपनी तलवार घुमा रहा था, था। भी बखूबी भी अपनी तलवार में शक्तियां भरते के हमलों से खुद को बचा रहा था लेकिन गौर से देखने पर समझ आता रेगा की तलवार ध्रुव की तलवार के मुकाबले काफी लचीली थी इस वजह से वो ज्यादा तेजी से ध्रुव के हमलों से बच पा रहा था इतने में ध्रुव ने परेशान होते हुए मनी मन खुद से कहा इस लड़के का बचाव तो काफी जोरदार है मेरी तलवार की रफ्तार काफी ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद मेरे हमलों का पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी अचानक ने अपनी तलवार से ध्रुव पर हमला किया वो हमला काफी तेज था, और उसकी तलवार में ढेर सारी लाल रंग की शक्तियां भरी हुई थीं। लेकिन रेगाक की तेज रफ्तार के बावजूद ध्रुव वक्त पर अपनी तलवार बीच में अड़ाते हुए उस हमले से बचने में कामयाब हुआ इतना ही नहीं बल्कि रेगांक ने तो अपनी तलवार जैसी दस तलवार तैयार कर दी जिससे उसने ध्रुव पर एक साथ हमला किया लेकिन ध्रुव की रफ्तार के तो क्या ही कहने थे वो बखूबी हर तलवार के हमले से अच्छी तरह बच गया। फिर जैसे जैसे मुकाबला खिंचता गया तो रेगान के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी उसे अब बिल्कुल तो नहीं ले सकता था इसलिए अगर उसे ध्रुव से जीतना था तो उसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता तभी अचानक रेगान कुछ कदम पीछे हुआ और उसने अपनी तलवार में इतनी शक्तियाँ भरती जिस वजह से वो तलवार लाल रंग के जलते सूरज की तरह चमकने लगी उस तलवार के रंग को देखकर कर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका तापमान काफी ज्यादा था वहीं इस गर्माहट को महसूस कर खुद रेगांग का चेहरा भी लाल होने लगा। इसके अलावा इतनी ताकत तलवार में भरने से रेगा के हाथ भी थोड़ा कांपने लगे और फिर उसने हमला करने के इरादे से ध्रुव की तरफ देखा दूसरी ओर जैसे ही ध्रुव ने रेगांग की तलवार में होते बदलाव को देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की फिक्र दिखाई देने लगी इतने में रेगांक ने अपनी तलवार से ध्रुव पर एक और हमला किया जिससे बचने के लिए ध्रुव तुरंत अपनी तलवार को सामने लेकर आया और दोनों तलवारों के टकराने से एक बहुत तेज आवाज मैदान में सुनाई पड़ी जिसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ध्रुव ने सपने में भी नहीं की थी ध्रुव ने देखा कि उसने जैसे ही रेगान का हमला रोका तो अचानक से रेगान की तलवार किसी सांप की तरह लचीली हो गई और ध्रुव की तलवार पर रेंगते हुए वो सीधे ध्रुव के हाथों की तरफ बढ़ने लगी ये देखकर ध्रुव दंग रह गया और उसे देखा की कैसे वो गर्म साप तेजी से उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगा इस हमले से बचने के लिए ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार को छोड़ा और अपना हाथ पीछे खींचा लेकिन इसके बावजूद ध्रुव खुद पीछे नहीं हटा बल्कि वो तो मौके का फायदा उठाते हुए सीधा रेगांग के पास पहुंच गया जाहिर सी बात है कि जैसे ही ध्रुव ने अपनी तलवार को छोड़ा तो उसकी दबी हुई शक्तियां अचानक से बढ़ गईं, जिस वजह से उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी यही वजह थी की बिजली की रफ्तार ऐसी ध्रुव सीधे रेगा के सामने आकर खड़ा हो गया जिसे देखकर रेगा का मुंह खुला का खुला रह गया फिर ध्रुव ने तुरंत अपनी मुठ्ठी से रेगा के हाथ पर हमला कर दिया जिसके बाद रेगा के हाथ से उसकी गर्म सांप जैसी तलवार एक छटके में छूट गई तभी रेगा ने देखा कि ध्रुव उस पर एक और हमला करने लगा जिससे बचने के लिए सही वक्त पर पीछे हटा वहीं अपने हमले को नाकाम होता देख ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगा। इस दौरान मैदान में बैठे सभी लोग देख रहे थे कि कैसे रेगांक कुलाटियां खाते हुए पीछे हो रहा था ये देखकर सभी के चेहरों पर एक हैरानी दिखाई देने लगी इस दौरान रेगांक ने खड़े होकर अपने हाथ में होते दर्द को महसूस करते हुए सोचा क्या रफ्तार थी और क्या ताकत थी इसके हमले में ये कहते वक्त रेगा को यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही ध्रुव की शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई दूसरी ओर ध्रुव चेहरे की हैरानी को देखकर मुस्कुराने लगा और वो चलकर सीधे अपनी तलवार के बगल में पहुंचा इतने में ने आ भरते हुए से मैंने में गलती कर दी तुम्हें कमजोर समझने की लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी असली शक्तियां दिखानी ही पड़ेंगी इतना कहकर रेगांक ने तुरंत अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा शायद तुम्हें पता होगा कि स्टूडेंट होने के अलावा मैं एक हकीम भी हूँ और शायद यही है कि मैं का सामना करने के लिए। ने इतने में उसके हाथों में एक नीले रंग की रोशनी जलती हुई दिखाई दी उस रोशनी की गर्माहट बहुत ज्यादा थी जिस वजह से उसका चेहरा भी हल्का धुंधला दिखाई देने लगा वही इस नीले रंग की गर्म रोशनी को देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक अजीब सी हैरानी दिखाई देने लगी रोशनियों के तजुर्बे की वजह से ध्रुव समझ गया था कि उसके हाथों में जो रोशनी जल रही थी वो जरूर एक तिलस्मी रोशनी थी लेकिन इस हैरानी के बावजूद ध्रुव के चेहरे पर एक खसी आ गई जाहिर सी बात है कि रोशनियों पर ध्रुव का अच्छा खासा काबू था इसलिए जैसे ही रेगांक ने गुरूर के साथ नीली रोशनी चलाई तो ध्रुव मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया इतने में अचानक रेगांक ने ध्रुव को समझाते हुए कहा ध्रुव जरा संभल कर रहना यह तिलस्मी नीलम की रोशनी है इस रोशनी ने एक बार एक ताकतवर द्रोण तक को जख्मी कर दिया था इस दौरान ध्रुव लगातार रेगा के चेहरे के गुरूर को देखे जा रहा था वही अनगिनत नजरों के सामने ध्रुव ने भी तुरंत अपने हाथ आगे किए और फिर उसने अपनी अंगूठी में से एक पर्पल रंग की छोटी सी गोली निकालकर उसे चबाना शुरू कर दिया फिर ध्रुव अगले कुछ पल तो उसे चबाता रहा जिसके बाद उसने अपनी उंगली से चुटकी बजाते हुए अपने मुंह से पर्पल कलर की रोशनी सीधे अपने हाथों में चलाई फिर ध्रुव धीरे से अपने हाथों में चलती पर्पल रोशनी को देखने लगा और जैसे ही उसने अपनी नजरे ऊपर की तो उसे देखा कि मैदान में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छा गई थी दूसरी ओर रेगांग के गुरूर भरे चेहरे पर एक ऐसी घबराहट नजर आने लगी जैसे वो एक झटके में आसमान से सीधे जमीन पर आ गया हो तभी ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ रेगांग से कहा रेगांग भाई मुझे माफ कर देना दरअसल शक्तियों में, में मेरी भी उतनी महारत नहीं है जितनी की रोशनियों में है तो चलिए रोशनियों से इस मुकाबले को रोशन कर देते हैं इस वक्त उस बड़े से मैदान में दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों के हाथों में रोशनियां जल रही थीं। एक के हाथ में नीले रंग की रोशनी थी तो दूसरे के हाथ में पर्पल रंग की रोशनी फिर जैसे जैसे दोनों रोशनियां बढ़ने लगी तो मैदान की गर्माहट में एक बेतरतीब इजाफा हुआ और मैदान के बीच का हिस्सा काफी ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगा वही उस मैदान में बैठे सभी लोग इस वक्त चुप बैठे हुए थे और दोनों रोशनियों को गौर से देख रहे थे फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद मैदान में बैठे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी ये लड़का ध्रुव कैसे ऐसी रोशनी चला पा रहा है ऐसा तो सिर्फ कोई हकीम या फिर शक्तिमान रैंक का ताकतवर योद्धा ही कर पाता है है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का ध्रुव भी एक हकीम है ये पर्पल कलर की रोशनी कितनी खूबसूरत दिख रही है इस तरह लोगों की हैरानी भरी बातों से मैदान में थोड़ा शोर होने लगा इतने में इरा के बगल में बैठी सानवी ने भी कुछ सोचते हुए कहा इस लड़के के पास इस तरह की ताकतवर रोशनी कैसे आ गई हाँ मुझे याद है जब यह लड़का मैसोडोरिया से जाने वाला था तब मुझे सुनने में आया था कि इसके पास एक रहस्यमय गुरु है जो हकीकत में एक हकीम है इसे देखकर तो लग रहा है कि अब यह भी एक हकीम बन गया है तभी तो यह जैसी रोशनी जला पा रहा है वही सानी की बातें सुनते हुए अपना सर हिलाने लगी दरअसल वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ध्रुव ने अपने सारे हुक्म के इक्कों का इस्तेमाल कर दिया तो इस अकेडमी का शायद ही कोई स्टूडेंट उसे हरा पाता यह खबर उसे वाखरान से मिली थी जिसे ईरा ने ध्रुव की रक्षा के लिए भेजा था वैसे तो रेगांक एकेडमी के ताकतवर स्टूडेंट्स में गिना जाता था लेकिन ध्रुव की असली ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता था इरा अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुव अब पहले जैसा नहीं रहा था जो लोगों की बेजती झेलता रहता था और अपना मजाक बनते देखता ध्रुव इतना ताकतवर था कि किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे दूसरी ओर इरा से काफी दूर बैठा ईशान ध्रुव के हाथों की पर्पल रोशनी को देखकर तंग रह गया जाहिर सी बात है की उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव के पास ऐसी खतरनाक और ताकतवर रोशनी भी होगी तभी ईशान के पास बैठे एक लड़के ने उसके चेहरे की परेशानी को देखकर उसकी जी हुजूरी करते हुए कहा ईशान भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करो अगर इस लड़के ध्रुव के पास रिगांग जैसी रोशनी भी है तो क्या हुआ मुझे अच्छे से याद है कि रिगांग की रोशनी के बावजूद आप उससे मुकाबला जीत गए थे है ना ये सुनकर ईशान ने अपनी नजरे घुमाते हुए बगल में देखा की आवाज उस लड़के की थी जो अक्सर ईशान के झुंड का हिस्सा बना रहता था यही वजह थी की ईशान वो बात सुनकर भी खुश नहीं हुआ और उसने मनी मन खुद से कहा ंग की तिलस्मी नीलम रोशनी सच में बहुत ताकतवर है वो तो किस्मत ने मेरा साथ दे दिया था, जो मैं जीत पाया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नीली रोशनी और पर्पल रोशनी में से ज्यादा ताकतवर रोशनी कौन सी है खैर मैं उम्मीद करता हूं कि ध्रुव ये मुकाबला जीत जाए ताकि उसका मुकाबला मुझसे हो सके और मैं उसे हरा कर इराको दिखा पाऊ की हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है मैं ध्रुव को इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि वो अपना बोरिया पिस्तर बांध कर से चला जाएगा। ये कहते हुए वो मैदान में होते दिलचस्प मुकाबले को देखने लगा जिसने अचानक से एक नया मोड़ ले लिया था तो ध्रुव और रेगांग के मुकाबले में आखिर किसकी रोशनी ज्यादा ताकतवर साबित होगी ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दिवानी नूनली आर जरे के